हेलो हेलो प्लीज चेक माय वॉइस आउट जो भी भी में में हो, या हो किसी फैला बड़ा बदलो माहौल दी बाकियों की बंद करी बोल दी में बातें मैंने पिछड़ो छोड़ दी मरोड़ दी, दुख दी, दुख दी दुनिया, दुनिया बोल दी मैंने मैंने ओड होना मुश्किल रैप तेरा छोड़ दिया वाली मैंने कल ही जला फिर कले, कले, कले कान वाली खीर नहीं लाली जैसा मेर नहीं पॉप खेड़ा रोके रफ्तार कोके के की जागीर नहीं चल चल चल चल जिसे कोई दिक्कत तो मुझे आके चल गाइज अगर मेरा गाना अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना